मुरादाबाद के डबल फाटक जयंतीपुर चौराहे में पाकिस्तान के मंत्री का पुतला फूंका गया मुरादाबाद में विश्व हिंदू महाशक्ति संघ द्वारा डबल फाटक जयंतीपुर चौराहा में पाकिस्तान के मंत्री बिलवाल गुप्तो का पुतला फूंका गया इस धरना प्रदर्शन में संगठन के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमवीर सिंह मीडिया प्रभारी अनिल चौधरी मिराज राष्ट्रीय मंत्री ओमपाल मुन्ने खान तेजपाल का खान तेजपाल मुंशी आदि सभी लोग मौजूद रहे वही मीडिया से बात करते हुए ठाकुर प्रेमी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महाशक्ति संघ राष्ट्रीय मंत्री ओमपाल सिंह ने मीडिया को बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र टिप्पणी की गई जिसका हमें बहुत दुख है हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार ऐसी कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी जिस प्रकार ऐसी पाकिस्तान के मंत्री बिलवाल भुट्टो ने विवादित बयान दिया है इसे पूरा देश आक्रोशित है सबको गुस्सा है मुरादाबाद से जगत सिंह की रिपोर्ट मुरादाबाद के जयंतपुर में आज विश्व हिंदू महाशक्ति संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लोगों में का, काफी आक्रोशित हैं लोग कि पाकिस्तान के मंत्री बिलौर भुट्टो द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है इससे लोगों काफी गुस्सा है काफी आक्रोशित है लोग और जगह जगह पे जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है और जगह जगह पे लोग पुतला भी फोक रहे हैं आज विश्व हिंदू महाशक्ति संघ द्वारा भी बिलोल भुट्टो का पुत्रा पुत्रा जाने जाने जाने सर? मेरा नाम फागुर प्रेमवीर सिंह है जी मैं विश्व हिंदू महाशक्ति संघ ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जी सर आज वो हाँ। एक धरना प्रदर्शन किया गया किस संबंध में किया जा रहा है सर पाकिस्तान की मंत्री हैं है भुट्टो जी इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो है टिप्पणी करी है हां आपत्तिजनक टिप्पणी करी है जी, उस में जो है हमने धरना प्रदर्शन कहा है जी माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जी और क्या कही और क्या करने जा रहे हैं सर आज और पाकिस्तान का आज हम या तो ये माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे तो हम इनका पुतला दहन करेंगे जी जी सर आपका शुभ नाम सर सर मेरा नाम चौधरी ओम पाल सिंह जी विश्व हिंदू महाशक्ति संघ का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ जी तो क्या कहेंगे सर धरना प्रदर्शन के संबंध में ये सर जो पाकिस्तान के मंत्री है बिलावर भुट्टो जी उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। ये। उसके लिए पाकिस्तान माफ़ी मांगे आ, और बिलावल भुट्टो माफी मांगे इसलिए हम मेरा नाम पाकिस्तान राष्ट्रीय मीडिया आज जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किस किस संबंध में किया जा रहा है सर ये पाकिस्तान के एक महा घटिया नेता है जिसका नाम है बिलावल भुट्टो किसने हमारे एस प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इसी के खिलाफ हम लोग आज जिस हिंदू महाशक्ति संघ के प्रजन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका पुतला फूक रहे हैं हालांकि पाकिस्तान की औकात नहीं है जो तो भारत से लड़ सके लेकिन फिर भी उल्टा सीधा ध्यान देता है ध्यान देने के अलावा इसके पास तो कोई काम नहीं हर बार हारा है भारत को चाहे उन्नीस हो या हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको जवाब दिए लेकिन ये अपने आदत से बात नहीं आ रहा है पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान को थूथू मिल रहे हैं गाली मिल रहे हैं फिर भी इसकी इतनी औकात जो हमारे प्रधानमंत्री को अपमान करे मैं चाहता हूँ जो इसका पूरे भारत में पुतला फूका जाए और पाकिस्तान को संदेश दिया जाए तो पाकिस्तान क्यों ऐसे बार बार करता है? घटिया पाकिस्तान प्रधानमंत्री का पर, पर, नहीं प्रधानमंत्री का नहीं पाकिस्तान धोना जोधपुर राजस्थान जोधपुर